भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हलालपुरा बस स्टैंड और लाल घाटी का नाम बदलने की मांग की थी जिसे लेकर भोपाल नगर निगम परिषद की आम बैठक में बहुमत से प्रस्ताव को मंजूर किया गया है प्रज्ञा की मांग थी कि हलालपुरा बस स्टैंड का नाम बदलकर हनुमान गढ़ी और लाल घाटी का नाम महेंद्र नारायण महाराज चौक किया जाए सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर गनमैन के साथ सदन में पहुंच गयी जिसके बाद वहां मालती राय ने आपत्ति जताते हुए कहा की यह निगम की सुरक्षा का विषय है इसे देखना चाहिए था हालांकि सांसद प्रज्ञा ने इसके लिए माफी भी मांगी और उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए कहास्ताव और, कहा और अनुशंसा है कि हलालपुरा बस स्टैंड का नाम हनुमानगढ़ी बस स्टैंड हो वही लाल घाटी का नाम बदलकर श्री महेंद्र नारायण दास जी महाराज सर्वेश्वर चौराहा रखा जाए सांसद ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि लाल घाटी चौराहे पर कई हत्याएं हुई है कई वीरांगनाएं शहीद हुई है इनके अलावा हलालपुरा बस्ती का नाम हनुमानगढ़ करने का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने कहा हलालपुरा का हलाल शब्द अशुद्ध है और खराब है इसे हटाया जाना चाहिए हलालपुर बस स्टैंड लाल घाटी चौराहा हलालपुर बस्ती ये तीन नाम मैंने परिवर्तित किए हैं इन तीन नामों में जो रक्त रंजित इतिहास है मुगल काल का वो इतिहास हमें सदैव पीड़ा देता है वह इतिहास हमें कलंकित करता है भोपाल बड़ा सुंदर शहर है भोपाल बड़ा एकदम भरा भरा प्राकृतिक भोपाल है ताल और तलैयों का भोपाल है इसलिए इस भोपाल को अच्छा सुनना अच्छा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है सांसद होने के नाते भी जब मैं ये सब सुनती थी और इतिहास जब इसका देखा जाता है तो उसमें बड़ा कुकृत भरा हुआ है और नृशंस हत्याएं। रानी कमलापति के चौदह वर्ष के पुत्र वहाँ शहीद हुए आ, सैनिक वीर सैनिक वहाँ शहीद हुए नागरिक शहद शहीद हुए उनको वहाँ पर मार दिया गया और इस प्रकार से उन जो रक्त रंजित वहाँ की जो भूमि है उस वो लाल हो गई रक्त रंजित हो गई लाल हो गई इसलिए उसका नाम लाल घाटी कर दिया गया तो ये इतिहास हमें पुनर्याद दिलाता है कि हमारे पुरुखों के साथ क्या हुआ और ये बड़ा ही आ, सुनने में आ, ऐसा बुरा लगता है पीड़ा होती है मन को इसलिए इसका नाम बदल करके वहाँ प्राचीनतम गुफा मंदिर है शिवजी का मंदिर है तो इसलिए उस गुफा मंदिर में जो महंत थे उनो उन महंत जी नारायण जी महंत ने भी व्रत रखा भोपाल की विलय के लिए राष्ट्र में भोपाल का विलय हो और इसलिए उन्होंने बिल्वपत्र खा कर के संकल्प लिया था कई दिनों तक उन्होंने उपवास रखा और बिलपत्र खा करके जिए इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हुए जिस समय वो ब्रह्मलीन हुए उसके पश्चात उनका नाम ना, श्री नारायण दास महंत चौराहा सर्वेश्वर चौराहा ऐसे इस प्रकार से उसका नाम रखा गया हनुमान हनुमानगढ़ी मंदिर हलालपुरा जिसको बस स्टैंड कहते हैं वह हनुमान हनुमान जी का मंदिर है उसको हनुमान हनुमानगढ़ी कहते हैं इसलिए हनुमान हनुमानगढ़ी बस स्टैंड उसका नाम और जो हलालपुर बस्ती है उसका नाम हनुमानगढ़ ऐसा करके तीन प्रस्ताव मैंने दिए हैं वो पारित हुए सर्वसम्मति से पारित हुए हैं हम भोपाल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भोपाल नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोनों पक्षों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सबने मिल के भोपाल के लोगों ने और भोपाल के विकास में नए भोपाल भोपाल में भोपाल के लिए उन्होंने बहुत बहुत भूमिका निभाई है बहुत बहुत धन्यवाद